हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बेलाइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए